मौजूद हैं विकासखंड करंजा कला में और एक ग्राम सभा है वैसपार में और हमारे साथ ये जो खड़े हैं ये जो हैं कुलदीप मिश्रा जी हैं और ये पपीते की खेती जो किए हुए हैं और इनकी इनके मन में ये किस प्रकार से आया पपीता की खेती करना इनसे हम पूछते हैं कि कुलदीप भाई आपने ये जो पपीते की खेती की हुई है आपके ये मन में कैसे विचार आया कि जो है देखिए मेरा बचपन से ही पेड़ पौधे से काफ़ी ज़्यादा लगाव था और मैंने डिप्लोमा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया तो जॉब के लिए गए तो मुझे जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ तो मुझे अपना प्रारंभिक जो मेरा जो लगाव था वो पेड़ पौधे था इसकी वजह से मैंने सोचा कि अब अभी खेती किया जाए और मैंने नासिक में कई जगह गए भी वहाँ देखे थे काफ़ी अच्छी बागवानियाँ थी क्योंकि जब नासिक में हो सकता है तो हम अपने यहाँ पपीते की अच्छा ये जो आप लगाए हुए हैं हम चाहेंगे है दिखा दीजिए पूरा जो है पपीता की खेती है अब कैमरामैन समझाएंगे आप इसको दिखा दीजिए इनकी जो देखिए आप इधर भी आप दिखाते हैं कि ये जो पेड़ में फल लगे हुए हैं आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं लगभग ये, ये इसमें जो है फल कई काफी अच्छे लगे हुए हैं और इसमें भी देखिए आप देखिए तमाम जितना भी आप इस पपीता के जो पेड़ हैं देखेंगे तमाम में ऐसे ही फल लगे हुए हैं तो कुलदीप भाई से हम जरा पूछना चाहेंगे आखिर ये कितनी लागत से है और कितने बीघे में है ये ये हमारा दो एकड़ का प्लॉट है दो एकड़ में मैंने 2500 पौधे लगवाए थे जिसमें से कुछ से तना गलन की वजह से ख़राब हो गए हैं इस समय प्रजेंट में 2000 से 2200 पौधे लगे हैं जी और इसमें लागत जैसे 40 रुपये पर पौधे के हिसाब से मुझे पौधे मिले थे और फेंसिंग करवाया था तो टाटा की फेंसिंग तो उसमें ज़्यादा खर्च हो गया था और ड्रिपरीगेशन था तो अगर वो ना मानते हुए अगर हम सिर्फ पपीते की जो लागत लगी है उस हिसाब से मेरा लगभग दो से अ लाख रुपये तक लागत लगी अच्छा ये अगर जो ये पपीते की आप खेती किए हुए हैं जो जितने फल लगे हुए हैं और जल्द ही ये कुछ फल जो है तैयार हो जाएंगे आपके तो इसकी जो कीमत होगी वो कितनी होगी अब इस समय 30-35 की मंडी की भाव चल रही है चा? उस हिसाब से अगर अनुमानन किया जाए तो पर पौधे मुझे हजार रुपये भी देते हैं तो बीस लाख ये हो अच्छा। तो आपने ये जो देख आप देख सकते हैं कुलदीप मिश्रा जी हैं जो ये गांव में जो किसान हैं अगर ये कहते हैं कि आ, खेती में कोई लाभ नहीं है तो ये इनसे जो है सीख लेनी चाहिए कि ये जो है लगभग इसमें इनका अनुमानित जो लागत है अगर ये जो है फसल अब जल्द ही तैयार होने वाली है फल ले चुके हैं जल्द ही पकेंगे और इनका कहना है लगभग जो है बीस से बाईस लाख रुपये जो हमको मिल, मिलने वाले हैं तो अब एक एक सवाल हमारे मन में और है कि जो बीच में आप फूल लगाए हुए हैं अगर आप पुलिस को दिखाइए जो फूल लगाए हुए हैं आप देख सकते हैं दूर दूर भी ये फूल जो लगाए हैं इसका क्या कारण है उसको भी बताइए देखिए पपीते में व्हाइट फ्लाइज का अटैक काफ़ी ज़्यादा आता है तो उसकी वजह से और उनका जो आकर्षक केंद्र होता है वो पीला रंग होता है तो मैंने पपीते के बचाव के लिए गेंदे का फूल लगाया कि उस पर जितने भी व्हाइट फ्लाई जाएंगे इस पर अटैक करेंगे ना कि मेरे पपीते पे जी अच्छा आप जो गांव के किसान हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं जो लोग कहते हैं कि खेती में कुछ रहा नहीं गया है उनके लिए क्या संदेश है कुल दिव्या भैया देखिए ऐसा है कि खेती में बहुत कुछ है बस करने वाला चाहिए अगर मन में है दृढ़ संकल्प तो आप कुछ भी करिए उसमें आपको मुनाफा मिलेगा खेती में बहुत सी ऐसी चीजें हैं आदमी अगर करते हैं तो उसमें काफी अच्छा जैसे मशरूम की खेती हो गई पपीता का प्लांटेशन हो गया उसके बाद ड्रैगन फ्रूट आजकल बहुत अच्छा चल रहा है अगर आदमी ये सब करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा है लेकिन कोई करना नहीं चाहता लोग बाहर जाके सोचते हैं कि हम जॉब करें दस हज़ार पंद्रह हज़ार तो अगर वो यहाँ इतना मेहनत करते हैं तो काफ़ी अच्छा है इनकम आप ये देख सकते हैं कुलदीप जी हैं और ये जो पपीते के एक बार हम फिर आपको दिखाना चाहेंगे जितने भी आप देख रहे हैं पेड़ जो जो है पपीते की देख रहे हैं और इसमें अच्छे फल लगे हुए हैं और ये बहुत ही बड़ी सीख है कुलदीप के साथ जो है और यहाँ पर गाँव के जो किसान भी हैं और वे इनको सीख लेनी चाहिए कि इनके फसलों से जो है इस पपीते की खेती से इन्होंने ये तैयार कर दिया है और इनका कहना है कि इस समय जो इसके अनुमानित लागत है तैयार होने पर अभी तक जो लागत है लगभग दो से ढाई लाख रुपए लग चुके हैं लेकिन जब ये फसल तैयार होगी पक कर जब इसको जो है मार्केट में ले जाकर बेचेंगे तो लगभग जो है बीस से बाईस लाख रुपए इनका जो फायदा होगा बहुत बहुत धन्यवाद